तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक जग दिखाई दे रहा है और साथ में एक तार दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़के का नाम हो जाएगा जग प्लस तार बराबर जग तार